विजयदशमी के पर्व पर देश के कई हिस्सों में बारिश का माहौल रहा परासिया में बारिश के बीच इक्यावन फीट का विशाल रावण पुतला दहन किया गया जिसे देखने बड़ी संख्या में लोग दशहरा मैदान पहुंचे विजयदशमी के पर्व पर बारिश की बौछार ने रावण दहन पर संकट खड़ा कर दिया था लेकिन परासिया में रुक रुक कर हो रही बारिश भी विजयदशमी के पर्व के उत्साह को कम न कर सकी बारिश के बीच ही इक्यावन फीट का विशाल रावण पुतला दहन हुआ विजयदशमी पर्व पर रावण दहन कार्यक्रम के पहले हुई झमाझम बारिश के बाद भी हजारों की संख्या में भीड़ पहुंची उज्जैन के कलाकारों की प्रस्तुति श्रीराम कथा कथानुराग ने दर्शकों का मन मोह लिया कथा के दौरान सीता स्वयंवर सीता हरण रावण द्वारा की गई शिव आराधना और राम रावण युद्ध की कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुति दी इसके बाद अमन त्रिखा ने फिल्मी गीतों से समा बांधा